साथियों नमस्कार मेरे YouTube चैनल टीचर सोल्यूशन में आपका स्वागत है निष्ठा प्रशिक्षण तीन पॉइंट जीरो के एफ एल एन मॉड्यूल सेवन सीखने का आंकलन के सभी बीस प्रश्नों के आंसर देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी प्रकार से सभी एफ एल एन के मॉड्यूल और सेकेंडरी के मॉड्यूल सभी के आंसर इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे इसमें एफ सेवन के सभी आंसर सभी साथियों समर्पित इस निष्ठा तीन पॉइंट ज़ीरो में हमें सत्तर परसेंट मिनिमम मार्क्स आवश्यक होते हैं इसलिए सभी साथियों को नमस्कार और मैं एफ सेवन के सभी आंसर सभी साथियों को समर्पित करता हूं मैं बताना चाहूँगा कि एफ सेवन में जो आपके बीस क्वेश्चन आएंगे बीस प्रश्नों के सही जवाब इस प्रकार हैं देखिए पहला प्रश्न भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है इसका उत्तर होगा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है दूसरा सवाल होगा ज्ञान के सर्जन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है इसका उत्तर होगा परिचित भाषा तीसरा प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए यह बात आई है एनसीएफ सी दो हजार पाँच में इसका सही जवाब अगला सवाल है प्रत्येक राज्य और राज्य भीतर, के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा यह कथन है इसका आंसर होगा भारत का संविधान अगला प्रश्न है प्राथमिक स्कूल में लगभग 25 प्रतिशत बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है इसका सही जवाब है घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है इसका सही उत्तर होगा बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए इसके फॉल्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है अगला प्रश्न है बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुने इसका सही उत्तर होगा अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों की सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है अगला प्रश्न है इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि इसका सही उत्तर होगा मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया अगला सवाल है गलत कथन चुनना है जिसमें गलत कथन है सही जवाब इसका होगा मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है अगला प्रश्न है भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई है आई कि इसका सही जवाब होगा अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं अगला प्रश्न है बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है इसका सही जवाब होगा कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना अगला प्रश्न होगा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान एफ एल एन मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है इसका सही जवाब है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना अगला प्रश्न है UDISE डी आई यानी यू के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं इसका सही जवाब है थर्टी सिक्स छत्तीस भाषाएँ अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए इसमें सबसे बड़ी भ्रांति है आंसर सही होगा जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पढ़ने के लिए देंगे बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे अगला प्रश्न है इनमें से सही कथन है इसका सही उत्तर होगा भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं अगला प्रश्न है ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है इसका सही उत्तर होगा परिचित भाषा अगला प्रश्न है कोर्स में वार्ली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है इसका सही जवाब होगा आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना अगला प्रश्न है कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है उसके घर की भाषा हाड़ है उसने स्कूल शुरू होने के चार महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहजता महसूस करे इसका सही आंसर है कमला से हाड़ोती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे अगला प्रश्न है असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूह के बीच की भाषा को कह सकते हैं इसका सही जवाब होगा लिंक भाषा अगला सवाल है लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है इसका सही उत्तर होगा जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों इस प्रकार से ये बीस सवालों के आंसर और सभी सवाल के सही जवाब देते हुए बीस में से बीस अंक प्राप्त करते हुए एफ एल सेवन को पूर्ण कर अपना कोर्स सफलतापूर्वक सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद